तो एपिसोड फिफ्थ की शुरुआत में हम एलेक्स को देखते हैं, जो प्योरिफिकेशन प्रोसेस से गुजर रहा था जिसे बाहर शेन और स्टोन विलेज के कुछ लोग देख रहे थे साथ ही वहाँ जायरो भी था जो समय के साथ अब बड़ा हो गया था तभी शेन कहता है कि अगर एलेक्स लाइन बीस्ट के एनर्जी को कंज्यूम कर ले तो वो सीक्रेट खजाने के बारे में भी कुछ जान पाएगा दूसरी तरफ हम कुछ बर्ड बीस्ट और बड़े से मंकी को लड़ते हुए देखते हैं जो किसी खजाने को सबसे पहले हासिल करना चाहते थे उसी समय चट्टानों को तोड़ते हुए एक चमकता हुआ पत्थर बाहर आ जाता है जो वही माउंटेन ट्रेजर था अब उसे देख वो सब एक दूसरे आरोप हमला करने लगते है जिसकी वजह से वो ट्रेजर कभी बर्ड बीस्ट के हाथों में आ रहा था तो कभी गोरिल्ला बीस्ट उसी समय एक बड़ा सा बॉल्कैनो एक्टिवेट हो जाता है और चारों तरफ आँख के गोले बरसाने लगता है तो ये देखकर वो बर्ड बीस्ट वहाँ और तबाही मचाने लगते हैं ताकि सब कुछ खत्म हो जाए और किसी को भी उस खजाने के बारे में पता ना चले इस तरफ वॉलकैनो का लावा स्टोन विलेज और शेन वाली जगह आरोप भी पहुँच रहा था जिसकी वजह ऐसी वो सब मर जाते हैं तभी गॉड की स्पिरिट महा टेलीपोर्टेशन सिस्टम बना देती है और सबको जल्दी ऐसी जल्दी उसके अंदर आने के लिए कहती है ये सुनकर शेन स्टोन विलेज के बड़े लोगो को वापस गाँव देता है और खुद एलेक्स के साथ रहता है क्योंकि प्योरिफिकेशन के बीच में एलेक्स को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता था अब शेन और जायरो उस केव को टूटने से प्रोटेक्ट करने लगते हैं जिसमें एलेक्स का प्योरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा था इस तरफ एलेक्स के सामने लायन बीच की एनर्जी आती है जिसे बहुत कोशिश के बाद एलेक्स कंज्यूम कर लेता है जिसकी वजह से अब वो बहुत ताकतवर फील कर रहा था तभी वो अपने आस लावा और टूटे हुए पत्थरों को देखता है तो वो उस बड़े ऐसी पुल को यानी मेडिकल फर्नेस को उठाने लगता है ताकि वो उसे स्टोन विलेज ले जा सके ये देख शेन उसे कहता है की तुम इसे छोड़ो और जल्दी ऐसी मेरे साथ चलो आरोप एलेक्स इसके लिए नहीं मानता और वो मेडिकल फर्नेस को पकड़ा देता है क्यूँकी वो उनके गाँव के लिए बहुत कीमती था अब अलेक्स और शेन जायरोप बैठ कर वहाँ ऐसी निकलने लगते हैं और टूटी हुई चट्टानों का सामना करते हुए उस टेलीपोर्टेशन सिस्टम में पहुँच जाते हैं अगली सुबह हम उन सब को किसी और जगह आरोप देखते हैं जो उनका नया स्टोन विलेज था जिसके आस पास बहुत ही खूबसूरत नजारे थे अब वहाँ के सभी लोग गॉड ल्यू को उन्हें बचाने के लिए थैंक यू बोलते हैं तभी शेन कहता है की हमारे पूर्वजों का जन्म पिछले स्टोन विलेज में हुआ था और इन सब चीजों की वजह से हमारा नाता उनसे टूट गया है तो स्टोन विलेज के बड़े लोग कहते हैं कि हम इस जगह को ही हमारा नया स्टोन विलेज बनाएंगे और यहाँ शांति से रहेंगे तो शेन कहता है कि ठीक है पर तुम में से एक वापस पुराने स्टोन विलेज में जा कर वहाँ की सिचुएशन देखाना तभी एलेक्स बोलता है की मैं भी पुराने स्टोन विलेज में जाऊँगा क्यूँकी अगर मेरे पेरेंट्स वहाँ आ गए तो उन्हें मेरे बारे में पता नहीं चलेगा की मैं इस वक्त कहाँ हूँ इसलिए मैं वहाँ जा निशानी लगा आना चाहता हूँ ये सुनकर एलेक्सन के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने आरोप जाते हैं अब एलेक्स साइरो के साथ पुराने स्टोन विलेज की तरफ निकल जाता है जहां वो पुराने स्टोन विलेज को पूरी तरह से तबाह देख कर थोड़ा इमोशनल हो जाता है लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए वहां एक स्टोन पर एक निशानी लगा देता है उसी वक्त एलेक्स एक छोटे से इंजर्ड मंकी को वहां देखता है जो वही गोरिल्ला था जो पिछली रात लड़ रहा था अब एलेक्स उसे क्यूट सा मंकी समझ के उसका नाम चैम्प रख देता है तभी वहाँ एक लड़की आती है जो एलेक्स को कहती है की ये चैम्प एक बहुत बड़ा बीस्ट है और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है